नमस्कार दोस्तों शिवम का मौर्य चैनल में आप सभी का स्वागत है आज मैं बताने वाला हूं दोस्तों कि अगर आपका पीसी या लैपटॉप बत्तीस बीट का है तो आप बिलेंडर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं तो हम आ जाते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र में कोई भी अपना ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए तो मैं अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ क्रोम ब्राउजर में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें सर्च करना है ब्लेंडर ब्लेंडर ब्लेंडर डॉट ओ आर जी तो सिंपली दोस्तों आपको इतना सर्च कर लेना है ब्लेंडर डॉट ओ आर एंटर कर देते हैं उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा दोस्तों तो दोस्तों आपको यहाँ पे आ जाना है डाउनलोड के सेक्शन में ये देखिए फिर यहाँ पे इस पर क्लिक करना है ये देख लीजिए दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अगर आपका 32 बत, भी है तो यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड एवरी वर्थन ओ ब्लेंडर हिट एनी ये देखिए दोस्तों हमें सिंपली इस पे क्लिक कर देना है अब यहाँ पे आ जाना है दोस्तों आपको ब्लेंडर 2.76 इस पे क्लिक करना है इस पे हम क्लिक कर लेते हैं अब उसके बाद दोस्तों हमें ये यहाँ पे आ जाना है ब्लेंडर 2.76 पॉइंट सेवन सिक्स विंडोज़ बत्तीस डॉट एम करने के बाद दोस्तों आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा जैसे कि ये मैं डाउनलोड करके रखा हूँ अभी इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ दोस्तों तो आप भी ऐसे इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों ये देखिए दोस्तों हमारा इंस्टॉल हो रहा है क्योंकि मैं आपको डाउनलोड करके नहीं दिखाया पर मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना